हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रेपी पे आई के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो यानी कि आप रेपी पे की आईडी कैसे ले सकते हो दोस्तों रेपी पे आईडी लेने के लिए आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी को एक रुपये भी देने की जरूरत है यहाँ पर रेपी पे आई रजिस्ट्रेशन करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा आप रेपी पे आई खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रेपी पे आई लेकर आप अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो यानी कि ए सर्विस को यूज कर सकते हो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप इनमें कई सारी सर्विसों को यूज कर सकते हो और अपने कस्टमर को बैंकिंग सर्विस फाइनेंशल सर्विस प्रोवाइड करा कर आप अपनी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो रेपी पे आई से जो भी आप सर्विस को यूज करते हो और अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो उन सभी सर्विसेज पे आपको अच्छा कमीशन दिया जाता है और ख़ास बात यह है कि रेपी पे आईडी लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो चलिए दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में पूरे प्रोसेस के साथ तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं रेपीपे आईडी लेने के लिए रेपीपे पे एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या फिर इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रेपी पे क्लिक टू साइन अप नाउ का तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप के सामने इस तरह का पेज आएगा यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट से देना होगा रेपी पे आई लेने के लिए तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी जैसे आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तो आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर हमारे हम पास जैसे आधार कार्ड है तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा तो चलिए यहाँ पे हम अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो भी मोबाइल नंबर आप रेपी पे आई के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो चलिए यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको पेन कार्ड नंबर मांगा जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना पेन कार्ड नंबर डाल देना है तो चलिए यहाँ पर मैं पेन कार्ड नंबर डाल देता हूँ पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहां पे आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा तो यहां पे आपको रेफ़रल कोड डाल देना है रेफरल कोड आपको स्क्रीन पे शो होता होगा तो आप ये वाला रेफरल कोड डाल दीजिएगा तो चलिए यहां पे मैं एक रेफरल कोड डाल देता हूं रेफरल कोड डालने के बाद यहां पे आपके सामने इस तरह का केवच्चा कोड आ जाएगा तो यहाँ पर आपको केवच्चा कोड को एंटर कर देना है जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है केफचा कोड एंटर करने के बाद यहां पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा तो सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा उस ओटीपी को आपको यहां पे एंटर कर देना है तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है तो चलिए यहाँ पर मैं ओ को एंटर कर देता हूँ ओ एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी और कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी जैसे कि यहाँ पे आपको अपने पोस्टल का पिन कोड फिल करना है और यहाँ पे आपको अपने सिटी का नाम फिल करना है आपकी शॉप किस टाइप की है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपकी शॉप सी एस पी है या जनसेवा केंद्र है टेलीकॉम शॉप है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में है इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने पी ओ आई एंड पी ओ का पेज आ जाएगा यानी कि आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटी को अपलोड करना होगा जैसे कि यहाँ पे आपको पहले पर पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड फोटो अपलोड करना है तो चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड का के फ्रंट साइड फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड के फ्रंट साइड फ़ोटो अपलोड कर दिया है इसके बाद यहाँ पे राइट ग्रीन टिक आ जाएगा इसी तरीके से आपको आधार कार्ड का बैक साइड फ़ोटो अपलोड करना है तो चलिए यहाँ पे हम इसको गैलरी से ले लेते हैं यहाँ पे हमने आधार कार्ड का बैक साइड फ़ोटो अपलोड कर दिया है इसके बाद यहाँ पर भी ग्रीन टिक हो गया है इसके बाद यहाँ पर आपको पेन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा फ्रंट साइड का तो चलिए यहाँ पर हम पेन कार्ड को भी गेलरी से ले लेते हैं और यहाँ पर पेन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे हमने पेन कार्ड के फोटो को भी अपलोड कर दिया है इसके बाद यहाँ पे सेल्फ विथ डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लेनी है यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपनी एक फ़ोटो सेल्फी लेनी है तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से गैलरी से एक फ़ोटो ले लेते हैं तो फ़ोटो आपको कुछ इस तरह से लेनी है आप देख लीजिएगा अब यहाँ पे आप अपलोड जीएसटी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है तो इसको आप खाली छोड़ दो ये हमारे पास नहीं है अगर आपके पास हो तो आप अपलोड कर सकते हो इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आने वाला है अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा अब यहाँ पर सॉप कंपनी नेम में आपको अपना नाम डाल देना है तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ आपको अपना नाम यहां पर एंटर कर देना है जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है इसके बाद यहां पर आपको पिन कोड डालना है तो यहां पर चलिए हम पिन कोड डाल देते हैं इसके बाद यहां पर आपको अपने सिटी का नाम डाल देना है आप जिस भी सिटी से हो वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने शॉप का एड्रेस डालना है तो चलिए यहाँ पर हम शॉप का एड्रेस डाल देते हैं अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एजेंट फोटो विथ शॉप यानी कि आपका और अप आप, आपकी दुकान का फोटो यहाँ पे आपको साथ में लेना है तो चलिए यहाँ पे हम एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है इसके बाद यहाँ पे एजेंट सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है यानी कि आपको साइन करना है वाइट पेपर पे और उसके फोटो लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम फोटो को अपलोड कर देते हैं यहाँ पर मैंने साइन कर दिया है और इसको यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आप शोप एरिया टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप रूरल से हो या फिर शहर से हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है अब आपके सामने सभी डिटेल्स सा आ जाएगी आप एक बार इसको ठीक से देख लीजिएगा अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हो अदरवाइज आप इसको इस तरीके से नीचे की तरफ इसक्रोल करते जाओगे यहाँ पर आपके सभी फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आप एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ पे आपको चेक माक कर देना है चेक माक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखता है तो सिंपली यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैंसल और यस का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है जैसे आप यस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा सक्सेज का और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका आईडी है जो पाँच से दस मिनट के अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा रेपी पे आई और पासवर्ड मिलने के बाद आपको रेपी पे आई में लॉग कैसे करना है फर्स्ट टाइम तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिएगा बाय